मिट्टी से पैदा भई माता मिट्टी में मिल जाना है पर इससे पहले माह हमको दर्शन तेरा पाना है पर इससे पहले हम मिट्टी से पैदा भय माता मिट्टी में मिल जाना है पर इससे पहले माहम हमको दर्शन तेरा पाना है पर इससे पहले माहम दर्शन <tört> तेरा पाना है पल पल चिंती कंचन काया इसका कुछ उपयोग करे ऊँचे पर्वत चढ़ी भवानी भक्तों के संताप हरे ऊँचे पर्वत चढ़ी भवानी भक्तों के संताप हरे जिनकी रक्षक बने भवानी उनकी चिंता काहे करे ऊँचे पर्वत चढ़ी भवानी